सो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो टू फिफ्टी सीसी बाइकें होती है वो मार्केट में आपको दो से तीन लाख रुपए में मिल जाएगी तो ऐसा सोचना आपके लिए गलत है क्योंकि कावसाकी के पास एक ऐसी टू सीसी बाइक है जो आपको मार्केट में मिलती है आठ लाख रुपए में जी हाँ कावसाकी टू फाइव आर एक ऐसी 250